ताऊ पे मामे पे ताऊ मौसी पे सब पे रेड मार ली इन्होंने बैंक लॉकर देख लिए कुछ नहीं मिला भाई जो आदमी सौ करोड़ रुपए खा गया उसके घर में करोड़ दो करोड़ तो बिखरे हुए ही मिल जाते हैं